ठीक है चार चोर बैंक में 12 लाख की चोरी करते हैं अच्छा तो इनके हिस्से में कितना कितना आएगा तीन का तो अपना हिस्सा बांटने लगते हैं एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन ये सी आई डी स्पट्टर रहता है ये तीन चोर जो है डिब्बे में ट्रेन के घुस जाते हैं ये सीआईडी आई डी स्पट्टर पीछा करने लगता है पीछा करता है तो डिब्बे में चेक करता है कि कोई चोर नहीं है सारे चोर यहाँ से गायब हो जाते हैं तो सीआईडी स्पटर हैरत में पड़ जाता है कि सारे चोर गए कहाँ क्यों भाई लोग देखा है कभी ऐसा जादू मतलब तीन चार चोर बारह लाख की चोरी करके भागते हैं और तीनों के हिस्से में तीन तीन लाख आता है जो कि एक कोने में जाकर तीनों गिनने लगते हैं तो तीन लाख इसका तीन लाख उसका तीन लाख इसका और तीन लाख इसका इससे करके बारह लाख को बाँट देते हैं फिर जो तीन चोर होते हैं वो ट्रेन के डिब्बे में चले जाता है और सी उसका पीछा करता है तो ये तीन चोर है वो सीएनके डब्बे में चले गए ठीक है अब ये सी उसका पीछे पीछे जाता है कि दिखता है डब्बे में कि कोई चोर तो नहीं है और जैसे सी उसकी तपास करता है मतलब वहाँ पे कोई चोर नहीं मिलता उसको तो सी आई डी हैरत में हो जाता है कि आखिर तीन चोर गए कहाँ पे तो तीन चोर तो ये देखो भाई स्कूल में बैठे हुए अब इसका क्या करें भाई तो कुछ समझ में आया चलिए मैं आपको ये पूरा वीडियो वीडियो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज ये लाइक करो करो और चैनल में नए तो करो। अगर ये तो सब्सक्राइब आपने जादू सीख लिया मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा आप कितने भी बार देख ले आपको कुछ पता नहीं चलेगा तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं यह बड़ेदार वीडियो ठीक है तो।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 पीछा करता है तो डिब्बे में चेक करता है कि कोई चोर नहीं है सारे चोर यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो सीआईडी हैरत में पड़ जाता है कि सारे चोर गए कहा सारे चोर एक होटल पर तो बैठ के चाय पी रहे होते <laughs> <देख लें। laughs> <laughs> <देख लें। laughs> यार, यार अब हमारे दिखाया